नियमित संधियों बाय कोडिंग में मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में रहते हैं इन सेक्टर के अंदर मदरबोर्ड का बहुत उपयोग होता है तो सर्किट का नाम है कंप्यूटर ओर्जा जी जो हमारे बुक में मिलता है ओके मदरबोर्ड मदरबोर्ड के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इसमें आएगा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड सिस्टम बस द रैम फ्रॉम सेक्टर और दो कंपनियां मैंने क्लिक करेंगे करेंगे मदरबोर्ड की इसके बारे में हम क्या नाम था, के तो तो था का। जो पहला मदरको बनाता उसका नाम कब उन्नीस के अंदर बनाया गया था पहला। बी आग कंपनी है जिसकी पोर्टफोरियम है इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी जो है यो, यो, आई आई आई आई इंसर्ट होते हैं। हैं। को करते के अंदर दो ब्रिज होते हैं जिनको साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज कहते हैं ये भी कहां पे होते हैं योगा मेमोरी फॉर ना के हमारी रेख लगती है जिसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं प्राइमरी मेमोरी काजन प्राइमरी मेमोरी को इंसर्ट करते हैं आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जब कई पर पे काम करते-करते बंद हो जाता है ना पर प्रोसेस होती है वो sessionStorage की है हार्ड जो रैम होती है उसमें यूज हो जाती है जो तो जडिया उस पर कोई गस्ट वगैरह वो जुड़ जाती है इसके वजह से जो कंप्यूटर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो इसके लिए हम इसको कहीं भी कार्ड के साथ करके मार्जिन शिफ्ट कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है जैसे आप गेम खेलते हो ग्राफिक करते वो हो वो सभी इसके अंदर इंसर्ट होता है जैसे इसको बोलते है ग्राफिक ये ग्राफिक का इस काम यह होता है कि जैसे यूर की जैसे हम यूज करें यूएसपी ने माउथिक अगर वो टेम्परल तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम रोड काम नहीं कर रहा तो जो तो कार्ड होता है का था यूज करेंगे कार्ड है इसको वायरस इस रोड के अंदर इंसर्ट प्रकार की होती है? के देखते हैं इसके अंदर आ जाता है यूएसबी यूएसबीन है पावर बटन है आदि इसके अंदर आ जाते हैं माइक्रोफोन का ऑप्शन भी इसी के अंदर आता है Yes. वो यही करता है। दो सौ बीस वोट का ये दिख रही है जो जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं फिर से चालू करते हैं तो हमारा टाइम को एक्ट आता है टाइम टाइम डिलीट करने का तो तो का कार्य है जो है यही करती कंप्यूटर के अंदर टाइम वॉइस रोम वॉइस रोम के तौर पर मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यह रोम होती है कार होती है जो को ठंडा करने का कार्य करती है जैसा होता है यह होता है माउस, माउस आ आ आ जाती जाती जाती है, पिन आ जाती है, और है, कीबोर्ड यूएसबी ये सीरियल खाना बंद हो गए तो देखने को नहीं मिलता है और जो माइक्रोफोन और जो स्पीकर होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं वो क्या कार्य करती है एक दूसरे शिफ्ट करने का कार्य ओके? Yes. तो यही कारण का है इनपुट लेना इनपुट को भी ये होता है इंपुट इंपुट है बस बस और एड्रेस होती जो इनपुट इनपुट को लेके मेमोरी मेमोरी तक फिर के पास फिर से यही कार्य होता है कंट्रोल है तो डाटा बस और एड्रेस बस इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य करती है सिंबल है दो प्रकार का। ये माइक्रो एक्स मीरी एक्स